हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी वाला बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से शे, आगे शेयर करना गाइज़ हम आज बात करने वाले दिवाली टॉपअप में क्या मिलेगा दिवाली टॉपअप में एक ग्लू हॉल की स्किन मिलेगी और उसके साथ साथ गन की स्किन मिलेगी एम गन की स्किन मिलेगी और ग्लू हॉल की स्किन मिलेगी दोनों की स्किन मिलेगी ब्लू वाल की स्किन 300 सौ डायमंड टॉपअप करने पर मिलेगी और गन की स्किन 100 डायमंड टॉप अप करने पर मिलेगी जल्दी से जाओ और टॉपअप करो और ब्लू वॉल की स्किन पाओ और गन की स्किन पाओ